थोड़ी थोड़ी जल्दी आ वे ना तो चाहिए तो अरे बेटा उड़ जाओ यार इतनी लेट तक कैसे सो सकते हो तुम यार डांडे ही हो क्या ही उड़ जाओ यार हाँ, मैं तो तो नहीं नहीं क्या क्या होता है? तो मेरे को भी नहीं पता क्या होता है? है? Oh no. मेरे मेरे को को। भी भी पता मेरी मम्मी ही बोलती थी और उठ जाओ तुमको स्कूल भी स्कूल ले जाना क्या पढ़े ही रहो ये काम करो बिल्कुल शर्म तो आती नहीं है बिल्कुल ही अभी hey. रुक जाओ पापा को बुला के लाती हूँ oh, रहा रहा। रहा। उठ उठ तो उठ उठ नहीं नहीं नहीं नाटक कर है है क्या? क्या? जा। समझ में नहीं आ रही और तू रे कौन उठाने वाला मेरे को <tos> जा जा रहा रहा बाय। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और बीच में कैसे आ रहा है तो? दूंगा तो मैंने भी आधी वीडियो बनाई है इंटरव्यू तो, दे दे तो, तो गाइस सब्सक्राइब भी कर देना तो थैंक यू एंड गुड बाय। है एक तो लाइक और शेयर और शेर लीजिए